लीजिए आप सब, सब हो गया। ए ला दिया है, पेपर, सेकंड सेकंड सेकंड सेमेस्टर बीए सेकंड सेमेस्टर ना, बीए, बीए से भी का, सेकंड सेमेस्टर, जितने भी है ए सी सी देखिए पेपर सीरीज़ सीरीजी का है ठीक और इसमें कुल 40 क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन मेरी आह, खांसी हो गया थोड़ा तो कुल चालीस क्वेश्चन है आपको समझ दिया जाता है डेढ़ घंटे का ठीक और यहाँ पे बहुत से लोगों का क्वेश्चन इंग्लिश में आ गया है और बहुत से लोगों का हिंदी में ठीक ना तो मैं हिंदी का दिखा रहा हूँ और इंग्लिश का दोनों को सबसे पहले हिंदी की बात कर लेते हैं ठीक तो लीजिए आपको चार ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे ठीक ना उसी में से सॉरी चार ऑप्शन दिए जाएंगे उसी में से एक सही को चुनना होगा ठीक ना ऐसे में क्या है कि केवल ऑब्जेक्टिव होता है कल ऑब्जेक्टिव और आपको सीट सीट दिया जाता है है और, और सीट को भरना होता है। चार में से कोई एक तो देखिए सबसे पहला क्या है और क्वेश्चन को स्टार्टिंग करने से पहले मैं बता दू की जिसमें भी आपको डाउट लगे जिस में भी क्वेश्चन में भी आप उसे एक बार गूगल में सर्च मार लीजिएगा क्योंकि एसीसी का पेपर हंड्रेड परसेंट श्योर गूगल भी नहीं बता पाएगा गूगल का किसी का बाप नहीं बता पाएगा ठीक है ना गूगल अगर आप बुक पढ़े तभी आप ए का पेपर को एड पूरा टू द पॉइंट बता पाएंगे कि जी हाँ यही राइट right आंसर है ठीक ना बुक पढ़े तभी इसका आंसर दे पाएंगे गूगल या नहीं दे पाएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया जाता है जिस प्रकार यू पी ठीक ना बी डी ओ सी ओ जे पी एस सी के क्वेश्चन आता है क्वेश्चन आता है तो ये शुरू करते हैं मैंने काफी ज्यादा लेक्चर दे दिया देखिए पहला क्वेश्चन क्या है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले किसने किया था तो इसका आंसर होगा यहाँ पे टेंस लेने ठीक द्वारा तो दूसरा क्वेश्चन क्या है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस या फिर पर्यावरण दिवस इन्वायरमेंटल डे कब मनाया जाता है तो पाँच जून को पाँच जून को मनाया जाता है ठीक कुछ कुछ क्वेश्चनों को गूगल का जवाब नहीं दे पाएगा ठीक ना पहले ही मैं बता दे रहा हूँ जैविक वातावरण शामिल है जैविक वातावरण में कौन कौन शामिल है निर्मा सॉरी निर्माता उपभोक्ता जैव घटक या इनमें सभी तो इनमें से सभी शामिल है ठीक ना अब इसको अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो गूगल इसका जवाब नहीं दे पाएगा क्योंकि गूगल उसी का जवाब देगा जो फैक्टली होगा ठीक ना जिसमें तथ्य होंगे देखिए चार नंबर क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला का आधार है कौन सी खाद्य श्रृंखला का आधार है तो जैव अपघटक यानी कि सभी अंतिम में क्या हो जाते हैं सभी अंतिम में धरती में ही मिल जाते हैं ठीक ना मृदा में ही मिल जाते है, उसे हैं उसे बोलते हैं जैव अपघटक ठीक उसके बाद हम देखते हैं फाइव नंबर क्वेश्चन तो पांचवा क्वेश्चन क्या आता है कि ओजन के क्षेत्र के लिए जिम्मेदार प्रदूषक है ठीक क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्लोरोबन जो फ्रिज से निकलता है एयर कंडीशनर से निकलता है जो गैस निकलता है उसे क्या कहते हैं सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यही ओजन क्षेत्र का कारण है ठीक पाँचवा क्या हो गया छठा देखिए निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है कोयला ठीक क्योंकि पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा और प्राकृतिक ऊर्जा ये तीनों क्या है ये नवीकरणीय है उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे दिया है बराबर का चिन्ह कौन द्वारा सी गैसों के जोड़े ग्रीन हाउस प्रभाव प्रभाव उत्पन्न करते हैं मतलब कि इनमें से कौन से है जो ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे ज्यादा उत्पन्न करते हैं तो यहाँ पे होगा आंसर डी फोर का ठीक ना ये क्या है सी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और एसो यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड ये सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस करते हैं क्वेश्चन में फिर से दिखा दू कौन सी गैस ग्रीन हाउस उत्पन्न करती है ठीक इसका अर्थ यही है इस क्वेश्चन का सेवन नंबर एट नंबर क्वेश्चन चीनी किसका रूप है चीनी इज अ फॉर्म ऑफ किसका चीनी किसका रूप है चीनी रूप है इससे आप गूगल में सर्च मार लीजिएगा अच्छे से ठीक ना कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट जिसमें भी आपको डाउट लगे कि यह क्वेश्चन गलत हम बता रहे हैं तो आप प्लीज एक बार गूगल में सर्च मार लीजिएगा ठीक ना देखिए विट नाइन में क्या बोल रहा है कि एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में किसे जाना जाता है तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन ए का होता है रेटिनोल विटामिन बी का होता है थाइमिन ठीक ना विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन ई का होता है टेकोफेरॉल ठीक ना अब देखिए टेन नंबर कोविड नाइन्टीन जिसे कोरोना वायरस कहा जाता है कि उष्मायन अवधि है उषमायन अवधि मतलब कितने दिनों में पता चलता है तो किसी व्यक्ति को इसका लक्षण मैक्सिमम चौदह दिन यानी कि दो सप्ताह ठीक इसका आंसर होगा तीन चौदह दिनों के अंदर उसे पता चल जाता है अगर आप नोट कर रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा स्किप कर कर करके देखिएगा ठीक देखिए हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है तो किसका उपयोग किया जाता है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है वसा या प्रोटीन आप अच्छे से एक बार चेक कर लीजिए गूगल में लेकिन यहाँ पे क्लियरली टिक लगा है वसा पे थ्री में ठीक लेकिन प्रोटीन भी कहीं कहीं पे पूछा जाता है वैसे तो वास्तविक रूप में इसका उपयोग होता है कैल्शियम लेकिन यहाँ पे क्लियरली नहीं बताया गया है मैं बता रहा था ना कि यही का एक दो क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन की भरमार होगी इसमें से ग्यारह नंबर क्वेश्चन इलेवन नंबर क्वेश्चन उसी का एक हिस्सा है ठीक ना हमारी मांसपेशी को मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है इसका राइट आंसर होगा कैल्सियम लेकिन यहाँ पे प्रोटीन आंसर दे सकते हैं ठीक ना आप इसे एक बार गूगल में सर्च कर लीजिएगा इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ दिल से सॉरी चाहता हूँ ठीक ना देखिए निम्न में से कौन वर्षा के कारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वर्षा के कारण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका वाष्पीकरण और संगनन दोनों वर्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ठीक उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है तेरा नंबर क्वेश्चन भारत का क्षेत्रफल है तो कितना है थ्री पॉइंट टू एट लाख थ्री पॉइंट टू एट लाख या बत्तीस लाख तो इसका आंसर होगा बत्तीस पॉइंट यानी कि बत्तीस लाख सतासी किलोमीटर स्क्वायर होता है भारत का क्षेत्रफल जिससे राउंड फिगर में बत्तीस लाख वर्ग किलोमीटर लिखा जाता है ठीक तो टू हो गया इसका आंसर और एक बार देख लीजिए भारत का क्षेत्रफल ठीक तेरह नंबर अब चौदह नंबर हम बात करते हैं भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है टाइगर स्टेट को किस नाम से जा... मतलब किस राज्य को जाना जाता है तो मध्य प्रदेश को एमपी को ठीक टाइगर स्टेट और गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में और भारत के सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान अगर हम बात करें सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में तो मध्य प्रदेश में कितने ग्यारह नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है जो कि भारत के सबसे ज्यादा इसी में है ठीक पंद्रह नंबर डेंगू रोग का वाहक है डेंगू किससे होता है एडिस मॉस्कीटो यानी कि एडिस मच्छर से मेडिस नाम का एक मच्छर है एडिस उससे होता है तो यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है एडिस मॉस्कीटो ठीक पंद्रह आप देखिए सोलह नंबर देखिए सेरिकल्चर सेरिकल्चर क्या है तो रेशम बनाने का विज्ञान को ना सेरिकल्चर कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा तीन सत्रह नंबर देखिए वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है कब मनाया जाता है वो अक्टूबर का प्रथम सप्ताह यानी कि एक से सात अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है सत्रह का वन अक्टूबर का प्रथम सप्ताह अठारह नंबर देखिए सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है तो सीएनजी का फुल फॉर्म मालूम होगा आपको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका हिंदी होना चाहिए द्रविड पेट्रोलियम गैस लेकिन क्या करें यूनिवर्सिटी लोग अच्छे से मेहनत नहीं करते हैं ठीक ना क्या होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और इसका हिंदी हो जाना चाहिए संप्रदित प्राकृतिक गैस लेकिन यहाँ पे इंग्लिश को ही उतार दिया इन्होंने अब इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ये यूनिवर्सिटी का काम है कागज मुख्य रूप से बनता है किससे बनता है कागज आपको मालूम होना चाहिए कागज बांस और घास से बनते है जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ना उसी से बनते हैं कागज ठीक तो बम्बू एंड ग्रास इसका आंसर तीन हो जाएगा बीस नंबर में देखिये ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी की सतह पर किस प्रकार का विकिरण फा है किस प्रकार का इसे कन्फ्यूजन है इसमें ठीक ना गूगल पे मैंने काफ़ी सर्च मारा इसमें क्लियरली कोई उत्तर नहीं मिला तब मैं लास्ट में एक्सरे दे दिया ठीक ना जितने भी क्वेश्चन है ना मैं सारा का सारा गूगल में सर्च मार रहा हूँ भाई ठीक ना उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ और फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो किसी भी प्रकार का झेजक हो तो उसे एक बार आप गूगल में सर्च मार लीजिएगा अपने से इक्कीस नंबर केचवे और बैक्टीरिया को कहा जाता है क्या कहा जाता है निर्माता यानी कि खाद श्रृंखला की अभी बात हो रही है क्या की खाद्य श्रृंखला की खाद श्रृंखला में कैचु और बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है यह होना चाहिए उसका प्रॉपर क्वेश्चन लेकिन यहाँ पे प्रॉपर क्वेश्चन नहीं दिया है अब हम देते पे. क्या है हमारा तो बाईस नंबर क्वेश्चन क्या होता है पारिस्थिकी पिरामिड जो हमेशा सीधा होता है क्या होता है ऊर्जा का पिरामिड ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है पारिस्थिति में बाईस नंबर का हो गया वन तेईस नंबर देखिए तेईस नंबर में क्या बोला जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में ग्रीन हाउस प्रवाह का तात्पर्य क्या है तो ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में क्या शीतल और नम होती स्थिति होती है नहीं वार्मिंग का प्रभाव पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य क्या होता है इससे क्या प्रभाव पड़ता है वार्मिंग प्रभाव वार्मिंग इफेक्ट टू हो गया इसका तेईस का टू अब चौबीस का देखिए ध्वनि मीटर का कोई बात नहीं चलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया था ध्वनि मीटर का उपयोग किसकी धोनी मीटर का उपयोग किसके मापा जाता है उपयोग करके मापा जाता है और इकाई हुआ क्या है के मीटर की इकाई क्या है देसीबल. सिंपल, सिंपल. किससे मापा जाता है को से? उसके बाद ट्वेंटी फाइव का देखिए पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है तो पर्यावरण शब्द का अर्थ यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा जो एक नंबर का उत्तर दे दिया है, यही है यानी कि सभी परिस्थितियों का सभी परिस्थितियों का कुल योग जो पृथ्वी पर सभी जीव का जीवन और विकास है यही उसका उत्तर है पर्यावरण शब्द का अर्थ ठीक नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर न्यूनतम तापमान रेंज यानी कि 950 डिग्री सी वाली तापमान की सबसे ठंडी परत है कौन सी परत है सबसे ठंडी तो सबसे ठंडी परत है ट्रोपोस्फेयर यानी कि वायुमंडल और इसमें कंफ्यूजन है थर्मोस्फेयर भी यानी कि सबसे वायुमंडल सबसे ठंडा स्थल कौन सा है उसे आप देख लीजिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर कितना है मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स तो इसमें आप देख लीजिए इसमें हिंदी नहीं दिया है यहाँ पे सारा का सारा इंग्लिश में ही बता दिया है ट्रोपोस्पेयर का होता है यहाँ पर वायुमंडल एस्ट्रेटोस्पियर का समताप मंडल मेसोस्पियर का आयन मंडल तब ना देखिए यूनिवर्सिटी लोग ना सरकारी अगर आप विद्यालय में कराएंगे तो इसी प्रकार का, का काम होगा क्योंकि सरकारी काम काज इसी तरह होता है भाई अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण और फिर नाइट्रेट कहा जाता है क्या कहा जाता है अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण और फिर नाइट्रेट कहा जाता है क्या कहा जाता है इसका हो जाएगा नाइट्रीफिकेशन नाइट्रीफिकेशन ठीक थ्री इसका आंसर हो जाएगा थ्री ट्वेंटी एट का वायु प्रदूषण होता है किससे होता है वायु प्रदूषण तो धुआं के कारण धुआं के कारण वायु प्रदूषण होता है अट्ठाइस का तीन उनतीस नंबर देखिए यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित करते हैं तो यहाँ पे ते दिए हैं देख रहे हैं ना यही है सरकारी स्कूल का काम यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित करते हैं ते तो तो निम्न में से कौन सी बीमारी फैल जाएगी कौन सी बीमारी फैलेगी टाइफाइड ठीक है ना जिसे आंत्र ज्वर भी कहा जाता है जिसमें आपका लीवर खराब हो जाता है यूरोकेशन का मतलब है यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या है आंतरिक पोषण के कारण जल के जल के साथ जल निकाय को भरना ठीक इसका आंसर होगा दोनों लैंडफीड का तो उसके बाद भूमिगत भंडार टैंक और उपरोक्त में से सही तो उपरोक्त में से सही इसका आंसर होगा इसमें कंफ्यूजन है आपको जिसमें भी क्वेश्चन जिस प्रश्न में भी आपको झिझक हो महसूस हो ठीक ना उसे आप एक बार खुद से मेहनत कीजिए प्रदूषण मुक्त ऊर्जा संसाधन है प्रदूषण मुक्त ऊर्जा संसाधन यानी किसमें प्रदूषण नहीं होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा में बिल्कुल प्रदूषण नहीं होगा अब तैतीस देखिए बड़े शहरों का वातावरण सबसे अधिक प्रदूषित है किससे प्रदूषित है ऑटोमोबाइल से, से यानी कि वाहनों से ऑटोमोबाइल मतलब वाहन गाड़ी गाड़ी से सबसे ज़्यादा शहर में प्रदूषण होता है बस सिंपल सा बात है चौंतीस नंबर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र में बता दू CO ठीक ना एक प्रदूषण है क्योंकि यह O2 के साथ अभिक्रिया करता है और O2 के साथ अभिक्रिया करके यह प्रदूषण को फैलाता है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वन ठीक O2 यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है कार्बन मोनोऑक्साइड चौंतीस का हो गया पैंतीस नंबर देखिये वनीकरण के लिए आवश्यक है क्या आवश्यक है वनीकरण के लिए यानी कि वन के लिए क्या आवश्यक है मृदा का संरक्षण मृदा प्रदन अच्छी तरह से नियंत्रण कम आद्रता तो इसका आंसर हो जाएगा वनों के लिए क्या हो सके मृदा का संरक्षण आवश्यक है ठीक मृदा का प्रदान आवश्यक नहीं है अच्छी तरह से नियंत्रण भी आवश्यक नहीं है कम आदरता भी आवश्यक नहीं है जरूरत है मृदा का संरक्षण यानी कि पैंतीस का वन छत्तीस नंबर देखिए पारिस्थिकी एक पारिस्थितिकी सॉरी एक पारिस्थिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है किस दिशा में सभी दिशा में इसका अज्ञात होता है किसी भी दिशा में यह बह सकती है तो किसी भी दिशा में पारिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है किसी भी दिशा में ठीक छत्तीस का वन उसके बाद देखिए सैतीस सबसे स्थिर पारिस्थिति तंत्र है क्या है सबसे स्थिर पारिस्थिति तंत्र महासागर और सबसे विशाल भी है ठीक महासागर सबसे स्थिर विशाल परिस्थिति तंत्र का नाम क्या है महासागर सैतीस का तीन उसके बाद इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है आप इसे सर्च मार लीजिएगा गूगल में अब मिलेगा तो अच्छी बात है वही तो सर्च मार के देख लिया नहीं मिला उसके बाद थर्टी एट का देखिए अड़तीस नंबर जंगल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है जंगल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है अब सुननी है कथन क्या है वन मृदा अपरदन को कम करता है बिल्कुल कम करता है मृदा अपर्दन को भाई तो एक नहीं यही होगा दूसरा क्या मनोरंजन का अवसर प्रदान करते हैं हाँ वन बिल्कुल मनोरंजन का काफी अवसर प्रदान करता है टूरिज्म में घूमने आते हैं आर्थिक विकास प्रदान करता है ये यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ कमजोर पड़ जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं तो दो हैं तो यह हो जाएगा इसका आंसर आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक में यह उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दे पाता है थर्टी नाइन का देखिए लिगनाइट विटोमिनट एंथ्रासाइट ठीक ना और एक होता है एंथ्रासाइड विटोमिन लिगनाइट और पीट। ये किसके प्रकार हैं कोयले के कोयले के चार प्रकार होते हैं जिसमें से तीन को यहाँ पर बताया गया है ठीक उनचालीस चालीस में देखिए चालीस में क्या है जलमंडल पर विकास गतिविधियों के प्रभाव का उदाहरण निम्न में से कौन सा है यानी कि जल मंडल पर विकास की गतिविधियों के प्रभाव का इफेक्ट जो है उसका उदाहरण कौन सा है तो इसका उदाहरण हो जाएगा जल प्रदूषण आंसर क्या होगा इसका जल प्रदूषण तो आई होप कि यह वीडियो आपको काफी काफी हेल्प किया होगा ठीक ना और मैं अभी तुरंत जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ है मैं किसी से कॉपी लिया और आपके लिए वीडियो बहुत मेहनत से बनाया दोस्त सच बता रहा हूँ अगर वीडियो पसंद आया हो थोड़ा सा भी आपको नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिन्हें ज़रूरत है इनकी वास्तविक ज़रूरत है ठीक ना तो थैंक यू और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय पढ़िए और अपने हक़ के लिए लड़िए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा क्योंकि जान है तो जहान है धन्यवाद